तो है इंजीनियर्स अगर आप भी अपने गोल के लिए डिटरमाइंड हो तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है कल 24 सितंबर को यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया है इसमें शुभम कुमार जो बिहार स्टेट के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं उन्होंने ऑल इंडिया रैंक नंबर वन हासिल किया है उन्होंने आई बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बी किया है ऑल इंडिया रैंक टू पे है जागृति अवस्थी मैम इन्होंने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है आप सोच रहे हो कि ये मैं बता रहा हूं। आपको तो ये सब इसलिए ये, ये इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड थे अगर आपने भी बी बी टेक एम टेक किया है तो आप भी सिविल सर्विसेस की तैयारी कर सकते हो देखो ये सब फीलिंग्स अंदर से आनी चाहिए अगर किसी को देख के या दिखावे के लिए करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे अगर आपको ये फीलिंग्स अंदर से आती है तो आप सिविल सर्विसेस की तैयारी करो आप हंड्रेड परसेंट सक्सेस हो गई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक सिविल इंजीनियर यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है इस भाई ने करके दिखा दिया क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूं तो तो भाई लोग मैं अपने टॉपिक से अलग चला गया था चलो अपने टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो में मैं 30 बाई 58 का हाउस प्लान लेके आया हूँ मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि थर्टी बाई फिफ्टी एट एक हाउस प्लान बनाइए तो मैं ये हाउस प्लान ले के आया हूँ आई होप उन भाई साहब को ये प्लान अच्छा लगेगा तो देखिए ये प्लान ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट ही कर चुका दिया है uh, ये प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है जिससे ये प्लान और भी बेहतर हो जाता है अगर इसमें आपको कुछ गलत लगा तो आप करेक्शन भी कर सकते हो uh, ये प्लान मैं एक आइडिया देने के लिए लाया हूँ उन भाई साहब को जिस जिन्होंने कमेंट किया था इस प्लान के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो इसके थ्रू ही आप अपना घर बनवा सकते हो तो देखिए अब मैं इसको कलर कर रहा हूँ जिससे आपको मतलब समझने में अच्छा रहेगा एंड विंडो कॉल डोर पोजीशन आपको अच्छे से समझ में आएगा तो इसके बाद से मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करूंगा तो देखिए अपना ये प्लान ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड इसका डायमेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट एंटर करेंगे तो यहाँ पे फाइव फीट फोर इंच वाइड गार्डन रखा है उसके बाद से अपना यहाँ पे वरांडा आप रख सकते हो या खुला रखो कोई बात नहीं उसके बाद से अपना ये स्टेयर यहाँ से आप एंड दिस और बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है 14 फीट 10 इंच बाई 15 फीट 3 इंच का घर में एंटर कर रहे हो तो स्टेयर के पास से जो रास्ता जा रहा है लिविंग हॉल में वो आपका मेन डोर रहेगा लिविंग हॉल मैंने 13 फीट 3 इंच बाई 19 फीट का रखा है उसके बाद से अपना ये किचन 9 फीट बाई 9 फीट का रखा है ओपन किचन रहेगा आपका ये उसके बाद से अपना ये अटैच्ड बाथकम लेटरिंग फाइव फीट बाई एट फीट का रखा है एंड दिस इज और वाश एरिया फाइव फीट बाई सेवन फिट का रखा है एंड uh, उसके बाद से ये अपना अटैच्ड बाथकम लेटरिंग जिसका साइज मैंने रखा है टेन फीट वन इंच बाय फोर फिट का उसके बाद से अपना ये बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है फोर्टीन फीट बाय टेन फीट सॉरी एलवेन फीट टेन इंच का दिस इज और अटैस्ड बाथ कम लेटरिन जिसका साइज मैंने रखा है टेन फीट बाय फोर फीट का जो इस बेडरूम से अटैच है उसके बाद से अपना ये बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है थर्टीन फीट नाइन इंच बाई एलिवन फीट का उसके बाद से अपना ये कॉमन बाथ एंड लेटरिन जिसका साइज मैंने रखा है नाइन फिट बाय सिक्स फिट का उसके बाद से अपना ये बाथरूम का, का रखा है. आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा. तो कैसा लगा ये प्लान कमेंट वे जरूर बताना एंड ऐसे और इंटीरियर डिजाइन एक्सटीरियर डिजाइन हाउस प्लान 3D डी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ लव यू ऑल जय हिंद